सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है ढेकुली नीचे सिर झुकाकर ही कुएं से जल निकालती है अर्थात कपटिया पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते हैं वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है भय और दुख में जीता है सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है आलसी का ना वर्तमान होता है न भविष्य सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है चंचल चित्त वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते पहले निश्चय करिए फिर कार्य आरंभ करें अर्थ और धर्म कर्म का आधार है शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करें शत्रु दंड नीति के ही योग्य है अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता ना करें कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दुहक पहुंचाती है योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है मंत्रणा को गुप्त रखने से ही कार्य सिद्ध होता है पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है